शादी तो तब हो चुकी थी जब मैंने तुझे यू बोला था तूने मुझे लव यू बाबू बाबूराव का स्टाइल मेरा <स्थागी> राजा रानी वो कहा रे जी कहानी वो कहा